बजट 2022 का आया है लेकिन किया और कौन सा सेक्टर में तेजी दिखने वाली है जानिए ये पूरा वीडियो <गणागी> मैं हूं आपका दोस्त नैन बरसानिया और आप मेरे चैनल में आपतीलाल ओसवाल कंपनी ने कुछ ऐसे स्टॉक दिए हैं जो आगे चलकर काफी रिटर्न देने वाले ऐसे सात स्टॉक में आपको बोलने वाला बजट के बाद इसका ग्रो काफ़ी होने वाला है नाना मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2022-23 में, में बजट में कुछ ऐसे सेक्टर बोले हैं जिसमें काफ़ी ग्रो होने वाला है इसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने कुछ ऐसे सेवन स्टॉक निकाले हैं जो आवास योजना से लगे हुए हैं जैसे कि एलएनटी है बी और अल्ट्राटेक सीमेंट मैं आपको सारे स्टॉक के बारे में बता देता हूँ थोड़े थोड़े डिटेल मैं आपको देता हूँ पहले स्टॉक की बात करें एल कंपनी की एल कंपनी की बात करें तो सरकार ने इसके साथ कंपोजिशन किया है और साढ़े सात लाख करोड़ का जो अभी कंपनी को बेनिफिट होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए ये कंपनी आगे चलकर ग्रो होगी मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ अब मैं दूसरे कंपनी की बात करता हूँ जो अल्ट्राटेक सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट क्यों मैं आपको बोल देता हूँ कि बजट में अड़तालीस करोड़ की आवास योजना बनाने की संभावना की है और ऐसा निर्मला सीतारामन ने बोला है इसलिए अल्ट्राटैक सीमेंट का यूज़ होगा और कंपनी का ग्रो भी होगा इसलिए यह शेयर काफ़ी हद तक आगे जाने वाला है अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में आपने तो सुना ही होगा उसका मजबूत बॉन्डिंग एंड टिकाओ प्लस मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है कंपनी का और काफ़ी हद तक यह कंपनी डेप फ्री है इसलिए ये कंपनी का सेल लेने में आपको कुछ नुकसान ही नहीं होगा डी एल कंपनी है जो बहुत ही अच्छी ग्रो करी है और इस कंपनी का बाय सेल एंड मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है और 80 लाख घर बनाने की जो घोषणा की है बजट में वो इसी कंपनी के साथ जुड़ी रहेगी इसलिए ये कंपनी का भी ग्रो होने ही वाला है भारतीय एयरटेल कंपनी है पांचवी कंपनी है इसमें क्यों ग्रो होगा मैं आपको बोल देता हूँ ये कंपनी गवर्नमेंट से ज्वाइंट है और इसमें फाइव स्पेक्ट्रम चालू करने की घोषणा की है इसलिए कंपनी ने अभी काफ़ी ग्रो होने वाला है और बजट में भी ये बात क्लियर की है दूसरी बात यह है कि ग्रामीण में अभी फंडिंग चालू है और गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है और ये कंपनी ग्रो क्यों करे कि बेस्ट कस्टमर है उसके पास और बेस्ट मार्केटिंग कर रही है इसलिए ये ग्रो होगी कंपनी भी ग्रो होगी और उसका शेयर प्राइस भी ग्रो होने ही वाला है अब आएगी आई आर कंपनी आपको तो मालूम होगा ट्रेन की सेवाएँ प्रदान करती है आने वाले समय में भारत में ४०० से ज़्यादा ट्रेन उपलब्ध होगी और इसमें भी एप्लीकेशन में नया नया दौर आपको मिलता ही रहता है टिकट बुकिंग के अलावा हर चीज़ आपको मिलती रहती है और यह कंपनी अभी ग्रो में ही है आगे चलकर ये ज़्यादा ग्रो होने वाली है अभी कंपनी की बात करें तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये योजना चालू हो रही है किसानों के लिए स्पेशल और ये बहुत ही अच्छा आने वाले समय में होने वाला है इसलिए कंपनी का ग्रो हो रहा है और इसका शेयर का भी प्राइस ग्रो हो रहा है केन्टिन होम ये कंपनी का नाम आपने सुना होगा जो नहीं सुना है तो मैं आपको बोल देता हूँ हाउसिंग लोन और नॉन हाउसिंग लोन लोन के लिए यह कंपनी काम कर रही है अभी फिलहाल 48000 करोड़ का जो आवास योजना की जो डिक्लेरेशन हुई है बजट में इसमें यह कंपनी हाउसिंग लोन और नॉन हाउसिंग लोन के लिए काम कर रही है ये कंपनी का अभी फिलहाल काफी हद तक ग्रो हो रहा है ये कंपनी की अभी आवास योजना जब कंप्लीट होगी तब इस कंपनी का भी लाभ होने वाला है ये कंपनी है जो केनरा बैंक से कनेक्ट है दूसरी बात यह कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है ये डेप्ट फ्री कंपनी है इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने में कुछ नुकसान ही नहीं होगा आपको बी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड आवास योजना के बारे में आपने सुना लेकिन ये कंपनी भी इसके साथ जुड़ी हुई है जिसने भी आवास योजना के साथ कनेक्टेड कंपनियां है वो आगे ग्रो होने वाली है और ये काफी हद तक प्रॉफिट दोगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनिया है हाउसिंग कंपनिया है इसमें इन्वेस्ट कीजिए और लाखों कमाइए मैंने आपको सात ऐसी बड़ी कंपनियां के बारे में बताया जो बजट में कनेक्टेड है और आवास योजना से कनेक्टेड है भारतीय एयरटेल है अल्ट्राटेक सीमेंट है एल है जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ कनेक्ट है और आवास योजना में 48000 करोड़ को घरों की बनाने की घोषणा की है इसलिए यह कंपनी का भी ग्रो साथ होगा और इसका शेयर का भी ग्रो होगा इसलिए ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने और समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए